तेरी दर पे आने से पहले बहुत कमजोर होता हूं छू लेता हूं चौखट तेरी तो कुछ और होता हूं जय श्री श्याम मैं संजीव हंस आज श्री खाटू श्याम जी की कहानी के साथ दोस्तों वैसे तो श्री खाटू श्याम जी का इतिहास सभी जानते ही हैं पर क्या करें ये कथा है ही इतनी प्यारी बार बार सुनने और सुनाने को दिल करता है वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से जाना जाता है खाटू श्याम बाबा जी कलयुग के श्री कृष्ण के अवतार के रूप में माने गए हैं खाटू श्री श्याम जी की कथा शुरू करते हैं एक बार बोलो जय श्री श्याम श्याम बाबा घटोत्क और नागकन्या मौर्वी के पुत्र है पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिम्बा बर्बरी के दादा दादी थे कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरी के बाल बब्बर शेर के समान थे अतः उनका नाम बर्बरीक रखा गया बर्बरीक का नाम श्याम बाबा कैसे पड़ा आइए जानते हैं बर्बरीक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे बरबरीक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी मां मोरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त की थी बरबरीक ने भगवान श्री शिव की घोर तपस्या की थी जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान ने श्री बरबरीक को तीन चमत्कारी वान प्रदान किए थे इसी कारणवश बरबरीक का नाम तीन वानधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है भगवान अग्निदेव ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया था जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे अब जब कौर का युद्ध होने की सूचना बर्बरीक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में जाने का निर्णय किया बर्बरीक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े इसी वचन के कारण बर्बरीक को हारे का सहारा श्याम हमारा के नाम से भी संबोधित किया जाता है जब बर्बरीक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला यह ब्राह्मण कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण थे जो कि बरबरीक की, की परीक्षा लेना चाहते थे ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बरबरी से प्रश्न किया कि वो मात्र तीन बांध लेकर लड़ने जा रहा है मात्र तीन बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस तरकश में आ जाएगा अतः तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है ब्राह्मण ने बर्बरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया।, उस ने के सारे पत्तों को दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा असल में श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेजने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है बरबरी बोले हे ब्राह्मण अपना पैर हटा लो नहीं तो ये आपका पैर भेज देगा श्री कृष्ण बरबरीक के पराक्रम से प्रसन्न हुए उन्होंने पूछा कि बरबरीक ये बताओ तुम किस तरफ से युद्ध करोगे बरबरीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है वो तो बस अपने वचनानुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे श्री कृष्ण ये सुनकर विचार मग्न हो गए क्योंकि बरबरी के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम से कम सेना लेकर युद्ध करेंगे इससे कौरव युद्ध करने में हारने लगेंगे जिसके कारण बरबरी कौरवों की तरफ से लड़ने आएंगे अगर बरबरी कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण का विनाश कर देंगे कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा बर्बरीक ने दान देने का वचन भी दे दिया अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा उसे दान में बरबरीक का सिर चाहिए इस अनोखे दान की मांग सुनकर बरबरीक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि ये ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बरबरीक ने प्रार्थना की वो दिए गए वचनानुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में आइए भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए बरबरीक बोले कि हे देव मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूं लेकिन मेरी युद्ध देखने की बड़ी इच्छा है श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया श्री कृष्ण बर्बरीक के सिर को चौदह देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया जहाँ से से युद्ध युद्ध का का दृश्य देख सके, इसके बाद कृष्ण ने बर्बरी के के को विधि अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत महान समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय पांडवों में बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस नियोता हो जाता है श्री कृष्ण ने कहा बरबरी इस युद्ध के साक्षी रहे हैं चलो हम से जान लेते हैं। तब ने कहा, इस युद्ध की विजय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी बरदरी के इस सत्य वचन से देवताओं में बरबरीक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणकान करने लगे श्री कृष्ण वीर बरबरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा hey, बरबरीक आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होंगे कलयुग में आप कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते भी हैं भगवान श्री खाटू श्याम श्याम बाबा जी अपने अपने भक्तों भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हैं। वचनों बनते है। तो ये थी बर्बरी के श्री श्याम बाबा बनने की कथा फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ जय श्री श्याम